आन बड़ा रे बा कृपा करो हे कृपालि नाथ कष्ट करो हे कृपा तेरे फेरे बारे चो पिया अमेरिका की जय we go रे दुण हे बजरंग बली करु हे मभी करो बज तेरे द्वारे आली नहीं कोई लौटाया तेरे द्वारे छोपियाया आली नहीं कोई लौटाया दुर्गम काज बना बन पे दुर्गम काज I'll be alright.